आपका सवाल नंबर एक प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे आपका ऑप्शन है सी वी रमन बी रविंद्रनाथ टैगोर सी एच खुराना डी ए सेन आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर और आपका सवाल नंबर दो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है आपका ऑप्शन है एक नॉमल बोरलास स्वामीनाथन राव डी अशोक सेन आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपका सवाल नंबर तीन आर्य समाज किसने बनाया आपका ऑप्शन है विनोबा भावे बी काना सी विवेकानंद डी दयानंद सरस्वती आपका उत्तर है ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती आपका सवाल नंबर चार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन है एक जून बी ग्यारह जुलाई सी दस जून बी दस जुलाई आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्यारह जुलाई आपका सवाल नंबर पांच चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी बी बिरसा मुंडक सी बाबा रामचंद्री राम सिंह राम सिंह आपका सही उत्तर है ऑप्शन महात्मा गांधी आपका सवाल नंबर छह कौन सा पदार्थ एक अति शीतल द्रव्य है आपका ऑप्शन है एमोनिया बी आइसक्रीम सी लकड़ी बी कांच आपका उत्तर है ऑप्शन एमोनिया आपका सवाल नंबर सात सेफ्टी टैंक से निकलने वाली कौन सा गैस है आपका ऑप्शन है मीथेन, बी सी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मीथेन। आपका सवाल नंबर आठ कौन नदी डेल्टा निर्माण नहीं करती है आपका ऑप्शन है महानदी बी ताप्ती। सी कृष्णा डी कावेरी आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ताप्ती। आपका सवाल नंबर नौ वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया आपका ऑप्शन है 1980 में बी 1981 में सी 1984 में डी उन्नीस आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1981 में आपका सवाल नंबर दस रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता आपका ऑप्शन है दिल्ली सी बीत डी राजस्थान आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विदर्भ आपका सवाल नंबर 11 अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे आपका ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्लाह बी तात्या टोपे C. नाना साहेब डी वीर कुंवर सिंह का सही उत्तर है ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह आपका सवाल नंबर 12, रॉल एक्ट का पास हुआ था आपका ऑप्शन है 1919 में बी 1921 सौ इक्कीस में सी 1920 में डी 1922 सौ बाईस में आपका सही उत्तर है ऑप्शन है 1919 में आपका सवाल नंबर तेरह रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की आपका ऑप्शन है विवेकानंद बी राजा राम मोहन राय सी शकेशव सेन रामकृष्ण परहंस आपका सही उत्तर है ऑप्शन है विवेकानंद आपका सवाल नंबर चौदह गणतंत्र दिवस क्या है आपका ऑप्शन है 26 जनवरी बी पंद्रह अगस्त सी पांच फरवरी बी पंद्रह मार्च आपका उत्तर है ऑप्शन ए छब्बीस जनवरी आपका सवाल नंबर पंद्रह मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है आपका ऑप्शन है एट फोर बी फाइव सी सेवन डी नाइन आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पांच घटक